गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी के मौके पर सिद्धिकंज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और तिरंगा लहराया गया इन कार्यक्रम में देशभक्ति के गीतों की धूम रही गणतंत्र दिवस एवं वसंत पंचमी के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर अतिथियों ने झंडा बंदन किया झंडा बंदन के बाद देशभक्ति के गीतों पर नृत्य का आयोजन किया गया कार्यक्रम में सरपंच उपसरपंच, जनपद सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे पुलिस थाना सिद्धिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास ग्राम पंचायत सिद्धिकगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कृषि सहकारी समिति वन विभाग माँ सरस्वती ज्ञान मंदिर ओपन टेक्नोलॉजी कम्प्यूटर एजुकेशन एवं केमिस्ट्री एसोसिएशन ने झंडा बंदन कर मिठाई वितरण किया